ये है कि मेरा जो पूरा निकला है आप लोगों के साथ वो है इसका कार्डियोवास्कुलर का कार्डियोवास्कुलर एक्चुअली दो यूनिट्स हैं ये है कार्डियक और ये है वैस्कुलर जैसे आप जानते हैं कि आर्ट की अपनी फिजियोलॉजी है नहीं जानते तो आज जान जाए इन शर्ट की अपनी फिजियोलॉजी है बचो अपने मामला में अपने, अपने मसाइल हैं और सर्कुलेशन की अपनी फिजिलॉजी है उसकी अपनी बराबर। तो फिर हम ये साथ पढ़ते क्यों हैं, लिखते क्यों हैं, हैं, हैं? पढ़ाते है? पढ़ाते इस तरह क्यों अलग-अलग आज, आज सॉरी, मैं एमी नहीं हाँ करा। आपको कर रहा हूं कि अगर जवाब आए तो है लेकिन बाकी करने के लिए रेस्परेशन के साथ हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों नहीं पड़ता भाई बॉडी में तो दोनों चीजें हैं, लेकिन उनका कोई डायरेक्ट रक्त उस तरह से नहीं इसका मसला ये है जैसे बच्चे ने कहा, कि ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी ये नहीं काम चलेगा मिसाल के तौर पर मैं सोच रहा था आपको क्या आते ही एक, एक आपको मिसाल दी मिसाल यह है आप एक पाउंड के पास खड़े हैं लेक है। पानी का एक एक, एक, एक कलेक्शन है जो भी कह रहे हो उसको ले कह रहे हो बॉन वो बिल्कुल आप उसके लेवल पे खड़े हैं आपसे कहा जाता है भाई इस पानी को पाइप दिया जाता है आपको ये पानी पकड़े पाइप पकड़े और इधर से पांच लीटर पानी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर और कुछ नहीं और कोई इक्विपमेंट नहीं आपको आप क्या करो ये पानी का ममर ये रबर का पाइप है और पांच लीटर पानी यहां से उठाए इधर डाले नहीं मैं वो नहीं कहूंगा जो खुदा करती है जी वो तो पानी सारे के इधर सफर छोड़कर हाँ जी नहीं जी नहीं मैम हाथों से नहीं, से नहीं, नहीं। लगा दो ग्रेडियंट इसमें बात की ग्रेडियंट आप बेटे ये बेटा बड़ा गहरा तंग था कि जवाब नहीं दे रहे हो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो ये क्लास अब जब जब तक मैं हूं ना पार्टिसिपेशन की बड़ी जरूरत पड़ेगी जरूरत है ये ये कोई उस्ताद नहीं पड़ गई पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर सफर कर जाएगा सफर थोड़ा सा लंबा मेरे साथ बस ड्यूटी लग गई है मेरे भी और आपकी ठीक है ग्रेडियंट कोई बच्चा इस ग्रेडियंट से जुमला बना दे ग्रेडियंट का जिक्र कर दिया बात बिल्कुल ठीक की है ग्रेडियंट से क्या मिला जी जी बोलते है बोलते तो ये मैंने कोशिश तो की है सी बी एस बनाने की कुछ मार्कर की कमजोरी है कुछ मेरे ड्रॉइंग स्किल्स की कमजोरी है लेकिन नजर आ रहा है रेड मैंने किसी और काम कर रखा हुआ चलो रेड से बना ये ये ये ये ये है। है? ये ये देखो हार्ट हार्ट है है है है है क्या आर्टेरियल आर्टेरियल ट्री ठीक सिस्टम कह हैं बेटे आपने दस हजार दफा ये चीज देखी होगी और ये, बीन। ये बीनसाइड है यह ट्री है ठीक है हार्ट और आप देख लो कि इसका कितना ज्यादा कनेक्शन अच्छा वो अभी तक जवाब नहीं आया पानी क्यों आपको मुश्किल पेश आ रही है छोटे से काम करने में पांच लीटर पानी क्या होता है मैं कहता हूँ एक लीटर का जी आपसे आप कोई एक फरमाइश कर सकते हैं एक चीज़ अगर आपको चाहिए वो क्या चीज़ हो एक इधर इधर इधर बताएं है तो जी यस थैंक यू थैंक यू आप कहेंगे जनाब मुझे पंप ला पंप लगाएंगे अच्छा पंप क्या करेगा हिंट, हिंट, पंप क्या करेगा इसको फिजिक्स की जुबान में कैसे करेंगे हैं आपको आपसे नहीं नहीं बोलते। पंक क्या क्या करेगा करेगा? फिजिक्स की जुबान में? जो नहीं था, आपने मंगवा लिया। एक हाथ है और बच्चे तीन हैं। हो गया। दो हाथ है जनाब अली डेल्टा पी आप इसको याद रखेंगे डेल्टा पी हार्ट का काम सिर्फ तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन सिर्फ चलो सिंपलिस्टिक बात अगर करते हैं हार्ट डेल्टा पी प्रोवाइड करता है इस पूरे क्लोज्ड सर्किट में इसीलिए सीबीएस साथ पढ़ाया जाता है क्योंकि ये सारे जुड़े हुए हैं सिर्फ एनेटोमिकली नहीं जुड़े हुए इनको फिजिक्स जोड़ती है आप ब्लड फ्लो ला नहीं सकते सर्किट में जब तक तो हार्ट अपना काम ना करे और हार्ट क्या करता है पंप करता है वो डेटा पी प्रोवाइड करता है जिसकी बुनियाद पर आप पानी यहां से उठा के यहां लाएंगे क्यों डेटा पी चाहिए आपको वरना ब्लड को क्या पड़ी है कि वो फ्लो करे खड़े में तो चलो एक दफा वो तोड़ाम से नीचे गिर जाएगा लेकिन वापिस भी तो लाना है ऐसे दूसरा ऊपर वाली मंजिल में कौन लेके जाएगा वहां तो वहां तो सिंपल पैसे फ्लो से कुछ नहीं होना उसके लिए आपको तो एक एक्टिव प्रोसेस चाहिए जो तो उसको चढ़ाए जैसे अगर आप पहली मंजिल पर रहते हैं तो पानी कैसे चढ़ता है टॉकी पंप ऑन करेंगे तो पानी ऊपर आएगा हाँ टैंक जब भर जाएगा तो ग्रेविटी से तो वो मिल जाएगा लेकिन टैंक में पानी कैसे आता है सुन आ रही है बात तो कार्डियो वैस्कुलर इज वन वन ईयर एक चीज है एक साथ पढ़ी जानी चाहिए और पढ़ाई जानी चाहिए <coughs> मसला यह है कि अंडर ग्रेजुएट्स में है, आप पहली दफ़ा इसको डिटेल में पढ़ो तो सिर्फ पढ़ाने की आसानी के लिए हम इसको दो में डिवाइड कर देंगे लेकिन इस पूरी जर्नी में थ्रू आउट हम बात करते रहेंगे एक दूसरे इस, इसके आपस आप में हार्ट पढ़ाते हुए आप मेरे मुंह से सुनोगे सर्कुलेशन का जिक्र सुनोगे, और सर्कुलेशन पढ़ाते हुए आप हार्ट का काफी जिक्र खैर सुनेंगे तो जहन में जो आपने कॉन्सेप्ट बनाना है वही है ये, ये एक यूनिट है सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के चक्कर में हमने इसको थोड़ा सा ना आर्टिफिशियली डिवाइड कर दिया है इंटू हार्ट फिजियोलॉजी एंड सर्कुलेशन फिजियोलॉजी यस ओके कोई सवाल अच्छा इस इस क्लास uh, का दो कह लो मेरी रिक्वेस्ट भी है और डिमांड भी है कि पार्टिसिपेट ज़रूर करना है आपने। मैं आपसे सवाल करूँ कोशिश करेंगे जवाब देने की कोशिश कर ठीक है शायद दूसरी बात ये इस सवाल करते ताकि मैं जाकर मैं लेक्चर देते देते के बाद सो भी जाता हूँ दिमागी तो, दिमागी तो। तो जब तक आपसे सवाल नहीं करेंगे वो फिर मजा नहीं आता ओके, स्टार्ट। स्टार्ट सो हार्ट। मैं थोड़ा गाइड कर ओकेता हूँ हम इसे पढ़ेंगे क्या हार्ट में आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे शुरू करते हैं। पहला पहले इम्प्रूव होकर फिर हम पढ़ेंगे कार्डिय मसल एक्शन पोटेंशियल ठीक है उसके बाद हम कार्डिय साइकिल के पीछे पढ़ जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे फिर हम रेगुलेशन ऑफ हार्ट फंक्शन करो तो, जब फंक्शन करेंगे ठीक है और इसमें हम ऑटोनोमिक्स नर्वस सिस्टम का रोल भी देहाली कॉल इट चैप्टर वन चैप्टर वन में हम ये करेंगे ये सब कुछ करेंगे आज हम इधर आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि ये क्या नया काम शुरू हो यस? क्वेश्चंस? क्वेश्चन क्वेश्चन है चलो जी बेटर शाह थ्री टाइप्स एक टाइप बता दो। मसल, स्मूद मसल, स्मूद, स्केलिट मसल मसल स्मूथ स्मूथ, स्केलेटल, स्केलेटल ठीक है? है अपना और आप पढ़ेंगे नर्व एंड के अंदर। वो है, वो यूनिट है जो तो आपको मैं बहुत याद आऊंगा आई होप अच्छे अलफाज में याद आऊंगा <laughs> क्योंकि जो उसमें कॉन्सेप्ट वो प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कार्डियोस्क में इस्तेमाल होते हैं तो आप बाद ना ख्वासता वो करने पड़ेंगे मुझे आपके साथ वरना आपको समझ नहीं करती ठीक है कार्डियक मसल नहीं समझ लगती ठीक है यही वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कॉन्सेप्ट और स्मूथ में आपके काम आए ठीक हो गया कार्डिक मसल कैसे मुख्तलिफ है बाकी डोमोस इन वॉलेंट्री स्मूथ कैसे डिफरेंट है स्मूथ ये मुश्किल सवाल चलो स्केलेटल मसल से तो डिफरेंस और और कुछ मल्टीन्यूक्रिएटिव ठीक है स्केलेटल मसल भी होता है स्मूथ डिफरेंट है ठीक है आगे नया अच्छे जी बैठे जी वेरी गुड Branched क्या? वेरी गुड जी बेटे Any anything else? एल्स discs. Very good. जो के बाकियों में नहीं होती इसी में होती हैं. है गुड पॉइंट स्ट्राइक स्ट्राइक skeleton में होती है सो so, दो चीजें वेरी गुड दिस इज वेरी गुड दो चीजें हैं और यह समझने वाली बात है। आप स्केलेटन मसल को देखेंगे स्लाइड के नीचे जो स्कैर मसल आपको पतरिया नजर आएंगी तैय ते बिछा सारे उसके जो मसल फाइबर yes? की और ही करती smooth smooth तो, कर है स्मूथ मसल बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है इसलिए स्मूद मसल को थोड़ी देर साइड पर रखते गेम इस वक्त है और स्केट मसल दोनों स्ट्राइटेड नजर आते हैं स्लाइड यू अंडरस्टैंड वॉट स्ट्राइट अब फर्क ये है जो इस बच्चे ने बताया कि आपको नजर आएंगे दोनों स्ट्राइड, दोनों तय बत नजर आएंगे हाउ एवर वेरी इंपॉर्टेंटली मसल की स्लाइड होगी उसमें जो कार्डियक, जो कार्डियक है, उसमें आपको ब्रांचिंग नजर आएगी ब्रांचिंग सो so, एक वो पथरी जा रही है वो आगे दो में डिवाइड होती नजर आएगी आपको और वो दो आगे जाके किसी और के साथ फिट होकर वो एक बनती नजर आएगी समझ आ रही बात झालर जैसा सिस्टम बना हुआ नजर चाहिए बड़ा अच्छा वर्ड है झालर बिल्कुल की बरकत हम थोड़ी देर में करते हैं शाहबाश जो एग्जिस्टिंग बात है उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है mm -hmm. अब वो किसी ने कहा इंटरक्रेटेड डिस्क है ये क्या शायद हाँ ये क्या चीज ये क्या बोला है ना? कोई किसी को पता है, सुना है पहले यह yes, जिन बच्चों को ब्रांचिंग पता है डिस्क पता इंटरग्रेटेड उनको डिस्क का क्यों नहीं पता है? ये सिंपल है बड़ी बात सिंपल सी बात है बेटा ये है एक मायोसाइट ये है दूसरा मायोसाइट ये है इतनी इतनी इतनी सी सी सी बात। बात। बात दो सेल से पे एक खास होती है, इसको डिस्क है, इसको कहते हैं। बस नहीं है, लेकिन अभी इतनी सी बात अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि ब्रांचिंग का क्या फायदा है और ये क्यों है और इंटरग्रेटेड डिस्क का क्या फायदा यूरोनरी ग्लाइडर का तो सुना ही होगा और से लंग्स के फंक्शन कोई बच्चा कोई ऐसे ही कोई बात कर सकता है ओवरऑल सी बात यह डिफरेंस है दोनों हॉलो ऑर्गन है तो मुस्लित तो है दोनों चलो उधर पेट एयर लानी पड़ती है से होता कुछ ना कुछ है सवाल अगर क्लियर हो गया तो मैं जवाब देता आपके समय आ जाएगा सवाल किया क्यों था मैं ये ये सारा एक समझाने वाला सवाल है कोई एग्जाम में एग्जामी होटर इस बात समझाने वाली बाइका बिग मस्कुलर बॉल नहीं वो जब एक्सपैंड करता है तो हर सिंथ में इक्वली एक्सपैंड करता है इट्स लाइकून like आप बलून में जब हवा बढ़ते हो, तो ऐसा तो ऐसा नहीं होता बेटे, कि बलून की एक साइड में हवा ज्यादा जाती है बाकी ढीला बड़ा रहता है अगर वो अच्छी क्वालिटी का बिल्कुल ब्रांड न्यू होना चाहिए तो आप जितनी हवा उसमें भरोगे वो हर सिमथ में फैलेगा ऐसा है ऐसा नहीं yes, भी ऐसा ही है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हर सिमथ में सिमिट्री अंदर आएगा तो जो प्रेशर बिल्डअप होगा अगर आप ब्लैडर के अंदर सेंटर में लटके हुए हो, तो आपको प्रेशर हर सिर्फ से आएगा, क्योंकि वो उसकी होती है उसकी yes. में क्योंकि बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट है अंदर तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है प्रेशर इसमें हार्ट कहां से आ गया है इस पूरी कहानी समझें कि ब्लैडर टाइप दो बॉल्स है जिसपे हार्ट मुश्किल तो एक बॉल ऊपर तो मेरे को एक बॉल यूनरी टाइप है अब मैंने यूनरी ब्लैडर पर आज तो समझ आ गई है कि वो वो उसी आदत क्या है वो कहता भी एक साथ है कॉन्ट्रैक्ट भी एक साथ होता है बस ये आदत है और दूसरी बॉल ये, यस, yes? yes. तो ये दोनों जो बॉल्स हैं ये बिल्कुल उसके ऊपर हमने टेक्नोलॉजी इनकी बिल्कुल वही है जो यूनिरी बैटर बेटा यहां पे इसको हम कहेंगे अब हम इसको हार्ट की शेप दे देते हैं डायरेक्ट हार्ड पे आ जाते कह देखे। देखे। देखे। देखे। देखे। देखे। देखे। देखे। सही है ये इतना की। ये है यहां से, यहां से नहीं बात ठीक है और ये कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ से ये और ये पल्मोनरी है ये है। ये ओरिएंटेशन तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है ठीक है यूर ग्लाइडर की सारा वो जो बखेड़ा डालने का एक पॉइंट था वो ये था कि बेटा जी जब हम आठ की थोड़ी सी एडवांस चीजें पढ़ते हैं ना तो हम ये महसूस करते हैं कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम बेसिकली वन यूनिट है इसका एक नाम है सिम ये एक सिंगसी टीएम और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी यानी दोनों एट्रिया बिल्कुल बैक वक्त काम करते हैं एक साथ काम करते हैं एज वन यूनिट फिज, फिजियोलॉजी एज वन यूनिट काम करते हैं एनाटॉमी में ये दो हैं, एनाटॉमी में ये राइट और लेफ्ट है इसके दरम्यान बका लगा हुआ है और ये बिल्कुल वाकई दो एनोटॉमिकल स्ट्रक्चर है लेकिन बेटा जी फिजियोलॉजी में ये दो तो हैं लेकिन इनका काम एक बैक वक्त कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बैक वक्त रिलैक्स करते हैं जस्ट लाइक like करना है तो साथ करना है नहीं करना तो नहीं करना ये वाला रोक तो सिंसिटियम वो कॉन्सेप्ट है जो फिजियोलॉजी में सबसे पहले पढ़ाना चाहिए कार्डियर फिजियोलॉजी देर आर टू सिंटिया इन द हार्ट Atrial CTL, <laughs> ventricle ventricle. Ventricle भी बिल्कुल ऐसे ही हैं. दो बड़े आ, हैं. वाला तो ज़्यादा डिटरलीफरेंट भी है राइट भी है, लेकिन उससे ज़्यादा है. पूरे दो हैं. लेकिन उनका काम एक है काम एक है दोनों एक साथ कॉन्ट्रेक्ट करेंगे एक साथ होंगे. ठीक है यहाँ पर कोई सवाल नहीं कल मैंने सवाल करना है आपको तो याद रखना है अब आखिरी इसमें एक डिटेल है सिंसिटियम आपसे पूछ लेते हैं आप क्या चाहते हैं ये दोनों सिंसिटियम सारे के सारे एक वक्त काम करें इधर एक, एक एक कोई जाहे नहीं है जरूर एक तो बच्चा होना नहीं ये तो गलत एक बच्चा तो खड़ा करे जाए <laughs> तो तो तो तो तो तो तो नहीं खड़ा करते हो आपको बिल्कुल सही जवाब आता है पहले एक काम करना चाहिए क्यों बचा भाई वेंट्रिकल को करने का कितने का स्वाब है अगर उसमें ब्लड ही ना हो तो, आता है ना तो पहले अपना काम फिनिश कर ले फिर वेंट्रिकल अपना काम करे तो बिल्कुल ऐसे ही है कि पहले काम करेगा फिर वेंट्रिकल तो ये आपको ठीक है तो वो कर यूनिट टमिकली बेशक सत्तर चीजें हों लेकिन वो एक तरीके से एक वन होके काम करते हैं ये है सिनसिटी में ठीक है Sir? एक सवाल बच्चे ने किया था जी जी Sir, से मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन इसका जवाब हमने वो दिया। कार्डिक साइकिल में हम बड़े तरीके से आपको सिर्फ चले आपके बाद सही कर रहे हो कि वो ब्लडली आ रहा होता है लेकिन सा चाहिए होता है एंड में वेंट्रिकुलर फिलिंग तकरीबन तो दो तिहाई होती है लेकिन लास्ट वन थर्ड में बस ये इससे ज्यादा जाएंगे तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी। जी बेटे सवाल है को कैसे फिर से सीटीएम तरह से बयान करेंगे दोनों एक साथ रिलैक्स करें और एट्रिया में भी दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों सिस्टली में एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायस्टली में दोनों एक साथ रिलैक्स करेंगे क्योंकि वन यूनिट है वन यूनिट लेकिन सब एक साथ नहीं ना करते हम इसके लिए नहीं कह रहे इसलिए हम ये कह रहे हैं कि एटीआर पहले काम करेंगे फिर केंट्रेटर काम करेंगे और इसलिए मैंने जवाब दे दिया कि हमें ब्लड फ्लो के मसाल हैं थोड़े से वो कार्डियोसाइको अच्छा हमने ये तो देख लिया कि ये है क्या सूसीट ठीक है, लेकिन ये ये ये होता कैसे? कैसे कैसे हैं हैं? हैं, तो एक एक साथ काम कर कर लेते हैं? भी ये कैसे, आ, आ, भी कर लेते हैं? भी भी बच्चे ने बोला है ये मैं मैं क्या जी not, not वो तो होती है होती है, सब कुछ होता है लेकिन ये इकट्ठे कैसे हो जाते हैं मिसाल के तौर पर वो, ये क्या है? ऐसे ऐसे से बेटे क्या निकलती है वो जो बात कर रहा आ, उसे ज़वर्थ ज़वर्थ है वो क्या आपने जिक्र किया? नाम देना काम है कार्डियम्पल्स जनरेटर यस ये कार्डिया यहाँ जनरेट हो जाती है लेकिन थोड़ी देर के बाद दोनों एटियांट्रैक्ट कर जाते हैं ये कैसे होता है क्योंकि तो देखिये चीज क्या है ये सीक्रेट क्या है सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है ये कैसे एक साथ काम कर लेते ये सवाल एक बच्चे ने बोला है आपने बात की थी इंटरप्रेटेडीज अब आप ये समझें कि आपने के का बर्गर ले लिया बिल्कुल नहीं खाना चाहिए के का बर्गर मैं सिर्फ मिसाल इंतहारी बैठी चीज़ होती है अम्मी से कागर बनाया करें काफी ना जाए करो ये फजूल चीज़ें होती है लेकिन बहर आपने पथरी उसका पैक उसका पैटी निकाल दी ठीक है उसकी एक पथरी आपने काट दी थोड़ी सी मीडियम सी अब वो पथरी बन गई उसको अपने रैत का कैस कर आपका ए टी एम दोनों ए बीच में आपने क्या कर रहे हैं कुकिंग क्लास हो रही है बीच में हमने थ्रेड का पीस लगा दिया वो इंटर ए टीआर बन गया ए तैयार हो गया यस, बना हम, जो बाकी पैटी मोटा खतरनाक चीज है उसको उसने गोर का और भी, भी ये एक जगह से, ही होता, है। एक से ही होता है फिर वो एक्सपैंड बड़ी जबरदस्त शाहकार चीज होती है डेवेलपमेंट होती है ना अगर आपको तो अल्लाह तला की देख है कि वो देखने का क्या हिसाब किताब है तो आप थोड़ी सी एम्ब्रोलॉजी देखते हो आप दोबारा कभी नहीं कोई डाउट कभी दिमाग पर आएगा नहीं ये है हमारी तकलीफ हम इतने फन्ने खां बनते हैं और हमारा ओरिजिन ये है कि जरा से एक चीज दाएं पर एक छोटा सा बेटे सुराग रह जाए आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेक्टम में आपको लग पता जाएगा कि कितने क्या भाव बिकती है एक सुराग तो सोचो वो जो बन रहा होता है इसका मतलब है वो ऐसे ही है जो मैंने आपको मैंने मजाक मजाक में दा दिया है वो ऐसे ही है कि वो राउंड होता है और फिर एक सेक्टम लगती है बीच में बड़ा मसला होता है सर्जरी करनी पड़ती है कितनी छाले मारते हैं हमने तो बस बस तो भाई कहते नहीं कुछ नहीं है बेटे नीमे होके सीखे नींवे होके कुछ नहीं है एक छोटा सा क्लॉट जो है सर, क्या हो? में क्लॉट्स बनते रहते हैं पता है? नहीं मैं कभी कोई कभी कभार इस तरह से डाइवर्जेंट हो जाता हूँ तो मुझे कोई इंडिकेशन दे दिया अच्छा नहीं ये बहुत जरूरी बातें होती है तो हम बात कर रहे करेंट्रिकल अब मैंने जान पूछ के एक ही पत्री बनाया, और एक ही पत्री लेके वट्रिकल बनाया आपको मैं ये साबित करूँ कि राइट और लेफ्ट में फर्क कोई नहीं है सेम पत्र का बना हुआ सिर्फ जोग्राफी का फर्क है यस इट्स द सेम मटीरियल नाउ वॉट इज इन दिस मटीरियल इसको अगर एक जगह टी वी लगाए तो यह सारी जगह पलक झपकने में फैल जाता है इक्वली ये क्या बात ये क्या टेक्नोलॉजी टी तीली तो मैंने देखो ना तीली तो ये लगाता है एक्शन पोटेंशन इसलिए जनरल है तो ये यहां पर रहे ना ये फैलता कैसे है और फैलता भी इतनी जबरदस्त तरीके से है कि एक साथ फैलता है ताकि वो ए एक साथ फंक्शन करे इसी तरह था? जब वेंट्रिकल में यहाँ पे एंटर हो जाती है इधर कुछ नहीं है ताकि वेंट्रिकल दोनों बैक बक काम करें आप समझ रहे हैं हम अब बिहाइंड सीन जा रहे हैं कि भाई आपकी आपका राज क्या है तो क्या राज है ये इतनी तेज से इम्पल्स कैसे फैलती है No. क्योंकि तो तो बैक वक्त एक्टिवेट होती है तो अब कोई वो नहीं है बस अब उसमें कर। तो ब्रांचिंग जो दूसरी बेटा आपने दुखा लगाया है जवाब उसमें इंटरक्रेटेड This is the secret, but what about disc? बड़ा मशहूर है तो को साथ ही बच्चों को पढ़ा था पढ़ा देते हैं अब आपने इसको खींचना है आपकी मजबूरी है आप खींच नहीं सकते सुनते रहो आपके पास एक ऑप्शन है आप इसे करंट लगा सकते हो खींचने के सॉरी, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं, नहीं। मसला है मसला ये कि यहाँ पे करंट लाना है मैंने कहीं कहीं कहीं से तो आपने करंट ट्रांसफर करना है इसको इस हैंड शेक तो ये आपके साथ आए हम बिल्कुल पहुंच गए एंड सिनेप्स सिनेप्स नो दे कैन वेरी वेरी क्लोज इलेक्ट्रोकैमिकल की वही लाइक क्लोज बस वो कह नहीं रहे वो रिसेप्टर नहीं नहीं रिसेप्टर नहीं है नीडल रिसेप्टर्स नो थ्रू लाइन जी नहीं व्हाट इज कैप जंक्शन का नाम नहीं सुना कभी गैप जंक्शन कोई बात आज सुन लो कोई बात ये ये ये ये ये इधर बनाया था था मैंने मैंने बना के रखा हुआ है है है पता वापस आना सेल सेल बॉर्डर इसका बेटा जी ये आपको के अंडर क्या नजर आएगी इंटरग्रेटेड नजर आएगी जब इसको आप मजीद जूम इन करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे फिर आपको क्या नजर आएगा देखते हैं। यहां पर छोटे छोटे सुरंगें हैं सुरंगें। ये इंटरकलेटेड आपको माइक्रोस्कोप में ऐसे नजर आएगी, जैसे पत्थर पत्थर पड़ा हो। नहीं है वो, वो बाहर सीमेंट लगाया इंटरग्रेटेड ऐसी अंदर जो है वो बनी हुई हैं। उन सुरंगों को की वजह से इस एरिया को कहते हैं गैप जंक्शन अब गैप जंक्शन से क्या होगा कि हमने एक से दूसरी जगह करंट लेके जाना है अच्छा करंसी जो है ना बायोलॉजी में टिश्यूज को स्टिमुलेट करने के लिए जगाने के लिए करंट यूज होता है ये जो हम बार बार इम्पल्स कह रहे हैं ना गार्डिक्स ये एक्चुअली करंट लेकिन करंट ये वाला नहीं वापड़ा वाला करंट प्लीज महीना दे देना मेरे ये करंट कौन सा है ये आना चाहिए करंट कैसे फ्लो तो करता है बॉडी में आप हाँ। नो, डिस्कशन, no जी <coughs> <coughs> इलेक्ट्रिकल, नहीं मुझे अब समझ आ है, है, थोड़ा सा लीकेज क्या रहा चेंजेस, चेंजेस, यस, बट बट हाउ, हाउ, हाउ, गुड, आपको ये पता है यहां पर बहुत पीछे चले अगर ये ले सारा अगर इनको पता है तो आप मैं आपको यहाँ पे आपको चुप जाए कोई चीज तो ये यह यहाँ पे जो चुभन है ये आपको महसूस कौन करा रहा है ये जगह ब्रेन आपको ट्रांसलेट करके बता रहा है भाईजान यहाँ पे कुछ चुपा है अगर हम ब्रेन और इसके दरम्यान के दरमियान जो वायर जा रही है नर्व वो काट दें जो चाहे कर लें आप इस जगह को आप कुछ फील नहीं होगा वो तबाह हो जाएगा रहेगा फील कुछ नहीं होना ये जो परसेप्शन आती है ना कि कुछ चीज चुभी है ये आपको ब्रेन परसीव करके देता है क्योंकि यहाँ से नर्व जा रही है तो वो ब्रेन तक एक खास एरिया में जाके डॉमिनेट होगी वो एरिया इस, इस जगह के करंट को महसूस करेगा ट्रांसलेट करेगा ये हुआ होना है फिर आपको बताएगा ये हुआ है तो जो वो कहेगा वो ही आप फील करें चाहे वहां पे न्यूक्लियर वेपन आके लग गया हो अगर ब्रेन आपको बता रहा है नहीं सिर्फ छोटी सी पेन लगी है आ गई छोटी सी पेन लगी है तो जब तक आपकी नजर नहीं पड़ते आके हमने बात की यस ये जो करंट की आनिया जानिया है बॉडी में दिस इज बेस्ड इन बेस्ड ऑन वेरी गुड माई जॉब इज ईसी सोडियम पोटेशियम या अच्छे भी लगा दो बेटे कुछ नहीं <laughs> मेनली सोडियम एंड पोटैम आप ऐसे किसको बेटे बात समझ में नहीं आई कि आपने पहले नहीं सुना था सोडियम पोटैशियम का बॉडी में जो वो है फंक्शन पता है ना बड़ा yes. है ना ये रिस्पांस रिस्पॉन्स जरूरी होती है मैं अटक जाता हूँ उसी जगह पर तो मैं उसको समझाता रहता हूँ जब तक कहानी आगे नहीं जाती तो वी ऑल नो के डीपोलराइजेशन में क्या होता है रिवर्स हो जाती हाँ है हाथ खड़े होने चाहिए सुना है कितने सुना, ये नहीं सुना? चलो है हाथ खड़े कर सब पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं कौन सा आइन इन्वॉल्व है हाथ किसको पता है हाथ खड़े कर मैं नहीं पूछता हाथ खड़े कर डीपोलराइजेशन में कौन सा आइन इन्वॉल्व है सोडियम या पोटेशियम हाथ सिर्फ खड़े करके बता दें किसको आता है वो वो ये बता भी दे। अब वाले हाथ बताने के जी जी। बेटा। सोडियम। सोडियम सेल सेल अंदर आएगा। सेल हो जाएगा। और कैसे होती है? एंड्स? जी। ये बाहर निकलने से डन ब्रेक्ट बात हो रही थी हाँ ये तीली यहां पे लगती है यानी डी अब मैं कहूंगा पोलराइजेशन पोलराइजेशन वेव, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? का इवेंट होता है? वो है, हाँ है।, वो होता है, वो होता है वो फैलता बिल्कुल आग की तरह, जैसे लेकिन इसके नहीं होता है और होती है में तो बड़ा लंबा हो जाता है यहाँ पे जैसी ऐसे नोट डिस्चार्ज करता है फॉरन एरिया डीपोलराइज हो गया और थोड़ी देर के बाद होता <laughs> है मेटेट डी ठीक है कोई सवाल हमने काफी पिछले पाँच छः मिनट में काफी एरिया कवर किया जस्ट बिकॉज यू टोल्ड मी ने इसमें जोर लग जाता हूँ तो ये बातें आपको बेटे नर्व और मसल में भी काम आए नर्व एंड मसल में बड़ा की कॉन्सेप्ट है का, ठीक है? है है okay. एक से। अभी कर लेना। मैं को रहा आर्किटेक्चर ये है कि वो एक ऐसे मसल मिलके बना है जो ब्रांच है तो वो जब इसको तो आप छेड़ेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट का सिचुएशन ही कॉन्ट्रैक्शन होगी कि ये एक साथ हर लिहाज से अंदर आएगा और रिलैक्स होगा तो पूरे नॉर्मल के लिहाज से बहुत ज्यादा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दूसरा हमने कहा कि जब सुरी लगती है कहीं से भी इसको डिपोलराइजेशन आपने कहीं भी करनी है आप इसकी एक जगह छेड़ दीजिए ये नहीं कि आपको पूरा लहलाना पड़ेगा इसको डिपोलराइजन एक जगह चढ़े आप वो कुदरत ऐसी है इसकी इसकी, इसकी ऐसी है स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें भरे हुए हैं गैप जंक्शन गैप जंक्शन भरे हुए अगर आपने यहां से एक डीपोलराइजेशन वेव स्टार्ट कर दी तो सोडियम सिर्फ इस सेल में अंदर नहीं आएगा यहां से वो बॉर्डर क्रॉस करके इसको भी डिपोलराइज करेगा ये वाला इसको डीपोलराइज करेगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर अब मेरे का समय में आ गया होगा कि ये बात गई सेंसिटिव ऑल का लो सही स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड यस क्यों पिलाते हैं और ये बॉडी में कार्डियक के अलावा और नहीं है मेरी नॉलेज एनाटॉमी की इतनी अच्छी नहीं रही लेकिन मेरा नहीं किया लेकिन आप अपने एनाटॉमी के वीडियो से पूछना इंटीग्रेटेड डिस्क को ऐसे से कहते हैं कि ये दो सेल्स के درمیان जो आप व्यू कर रहे होते हैं स्लाइड पे तो दो सेंस के दरम्यान में आपको नजर नजर आता है है के पॉइंट से रखा जिस तरह से दिखती है आपको छेड़ना था सवाल तो आपने अच्छा सवाल किया सवाल समझ आया वो कहते हैं कि ये जो दो एंट्रिया मिलकर एक मोहल्ला बनाया हुआ है उधर वेंट्रेक का मोहल्ला है इनके दरमियान में भी कोई रक्त है है यस इधर जाती है क्या बात ये है, है तो है वो तो है ही नहीं करता हो। जी। इतर, इतर अगर होता ये ये भी मेरे लिए गाँव का अब ये एक है सिटीएम ये दूसरी सिटीएम अच्छा है मुझे यह बताए इस पर किसी ने भी बोलना स्ट्रिक्टली हाथ खड़े करना आप एवी नोट से चलते क्या वो मोटा सा सवाल है ब्रॉड बेस्ड खुला खाता अब लेट योर इमेजिनेशन हाथ खड़े करो में गिनूंगा। मैं गिनूंगा केंद्रीय मैं पूछूंगी मेरी बेटियां जो है, ही है। <coughs> फिर वही। मुंह से निकाला मैंने पार्टी बोला पूरा प्रोनाउंस को मैंने कोई वन टू थ्री फोर फाइव बेटा आप आपके पास या है बड़ी गुड पढ़ने वाली है शुरू हो जाओ यहाँ जी एक सवाल सर ब्रीफ जवाब में सर एटीटिकल का फंक्शन ही समझ में आता है कि वो आगे ब्लड जो है वो आगे बॉडी में पम्प करेंगे चलिए से से वो तो तो उसी बात है। अच्छा हैं। हैं पूरे में जो जो जो कार्डिक कार्डिक आप दोनों समझते कि जी ठीक है ये तीन बच्चे तो सुरखरू हो गए बाकी वेल्ट आप लोगों ने कौन से पार्टिसिपेट किया बाकी बस अलग वो कौन से पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं बेटा जी ये सब मेरी बताई है मैंने क्लैरिफाई नहीं किया हार्ट इज कम्प्राइज ऑफ हार्ट मसल ठीक है तो ये कभी और नहीं हुआ कि हार्ट मसल के अंदर भी एक हार्ट मसल होता है जो उसका कंडक्शन सिस्टम होता है मैं बता मैंने उसका सरबराह का नाम ले लिया है बाकीों का नाम नहीं लिया एसे नोट ये एसे भी किसी शेय का ही बना हुआ है ना आपने पूछा नहीं मैंने बताया नहीं अब ऐसे नोट से कार्डिक कैंपस नहीं क्या मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसे निकलती है तो मतलब वो वाईफाई से निकलती है ना फाइबर्स हैं बायदा फाइबर राहें पिछी भी हैं पूरे तो रेलवे ट्रैक का पूरा ठीक है कैसे ऊपर बड़ी मैसी हो जाएगी डायग्राम लेकिन यू नो व्हाट आई एम सेइंग नाउ लाइने बनाऊँगा कन्फ्यूज तो नहीं हो अब तो ये देखो नहीं कलर प्लीज़ कलर ज़रा कोई ब्लैक ड्रोज रहा छठे कर देना ये देखो नजर आ रहा है ये जो काली बनाई हैं, ये है इंटर, इं, इंटर फाइबर्स। ये सिर्फ और सिर्फ वो तारें हैं जो ऐसे नोट से निकलती हैं और जब ऐसे नोड अपना काम दिखाता है तो ये जाके एट्रियल जो माओकार्डियम है जो मसल है उस तक वो पहुंचा देती है डीपोलराइजेशन है ये भी मसल लेकिन स्पेशलाइज मसल है इसका काम कॉन्ट्रैक्शन नहीं है काम सिर्फ एक्शन पोटेंशियल की तस्वीर है यहां तक ठीक है आपके बेटे को सवाल करना था नहीं प्रक नहीं मैं अभी अभी आ रहा हूं प्रकंजी को यह समझ आ है? Yes, sir. अब जो तार की तरफ जिसका निशाना है उस तार का क्या काम होगा बेटे की एक कॉपी वो एवी नोट के पास लिया है बस यही होता है इंपल्स एवी नोड में आ गई बेटे ब्लड का कोई ताल्लुक नहीं होता एवी नोड से एवी नोड कंडक्शन सिस्टम का हिस्सा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का सेकंड चैप्टर शुरू होगा इस कॉन्सेप्ट से उस वक्त तक हम इसको बस इतना सा यहां तक ठीक है एस सर। एवी नोट पर लिया है एवी नोट से वो जो बच्चे ने कहा एवी नोट ये वाला जो यहां से फिर बिजनेस क्लास शुरू होती है बिजनेस क्लास ये क्या मतलब ये जो एट्रियल फाइबर्स हैं ये अवामी है आप ट्रेन में सफर आपने तो मैंने बहुत की ट्रेन में एक इकोनॉमी होती है क्लास एक वी क्लास होती है इसे बिजनेस क्लास आज कह रहे हैं ठीक है मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ आपको याद कराने के लिए ये अवामी है ये बिजनेस क्लास मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ दोनों में होती है प्रेशर नहीं बेटे एक कंडक्शन पाई कर आप सिर्फ ये कहें तो स्पीड द नीड फॉर स्पीड गेम भी है इधर सारों की गुकियाँ जी तो वो जो स्पीड है बेटा जी इंटर एटियर फाइबर्स की वो बस मेरी गाड़ी जैसी है ठीक है जो बरगंजी की स्पीड है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट कंडक्शन स्पीड्स है इन ह्यूमन बींगस एक दो और जगह हैं जहां पे ये टेक्नोलॉजी है जो बरगंजी सिस्टम में इस्तेमाल होती है कि स्पीड इसकी फोर मीटर पर सेकेंड है चार मीटर एक सेकेंड में तय होता है इतनी स्पीड से बस निकलती है yes? यस so, सो सवाल वैसे वहीं का वही रह गया लेकिन ये मामला बड़ा मजे का बंद है ऐसे डिस्चार्ज होता है इंटर एट्रियल पाथवे से दोनों एट्रियर स्टिट हो जाते हैं डीपोलराइज हो जाते हैं इसी असला में इम्पल्स एबी नोड पे आती है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क और फिर जब वो यहाँ से निकलती है तो बर्कंटी सिस्टम के सुपर फास्ट सिस्टम में चली जाती है और धड़ाम से बैग बग दोनों वेंट्रिकल को डीपोर देती है ना तो ठीक है ओरिजिनल yes, सवाल रह गया वॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम ए वी नोड नाउ अब आपको इसे जवाब देना चाहिए हाथ खड़े कर लें। और बेटे बरीमा जोबा दुल्हन चले गए हैं छः घंटे पहले आप अभी बैठे हुए चैन में what do you want from the ab node sirf bpm anyone what do you want aur ye pakte hain aap kya chuke hain abhi aaj subah humne baat ki hai ki hum kya nahi chahte hum kya nahi chahte hum dono sync ctm ko ek sath stimulate nahi karna chahte what do you want from ab node ab node is the junction between these two sync ctm की कनेक्शन है नॉर्मली वो ए बी नोट आप क्या चाहेंगे वो पीछे क्या well, very, very, very वो जो ब्राइड तो हो रहा है गुजर रही होती है उसको ब्रेके लगाई जाती है उसको रोका जाता है स्लो किया जाता है ताकि वो फॉर ना करते वो डी वरना तो मकसद फेल हो जाएगा ना हम इतनी देर से सुबह से कहानी बयान कर रहे हैं एक जी या पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डेंटी बाद में करेंगे तो ए भी नोट वो डिवाइस है आप समझिए स्लोइंग डिवाइस स्लो करने वाली डिवाइस याद अच्छी जाते जाते एक सवाल और एक सुनत है मेरी ये है मैं कैंडी क्वेश्चन करता हूँ कैंडी क्वेश्चन क्या होते हैं कैंडी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन हो जिसको बकायदा कंपटीशन की सूरत दी जाती है 20 सेकंड होते हैं आपके पास जवाब देने के लिए जवाब स्ट्रिक्टली हाथ खड़े करके दिए जाते हैं और छोटे जवाब होते हैं अगर आप जवाब दे दें अगले दिन दे में आपके लिए कैंडी लेट जाऊँ बाकी नहीं yes, आप तैयार है बीच yes, में बोलना नहीं है क्योंकि ये कैंडी क्वेश्चन है ये कम्पिटिशन है कैंडी का सवाल है अच्छा आपको जो बहुत हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो चॉकलेट क्वेश्चन के होते हैं बहुत हार्ड होते हैं वो इस कॉलेज की में चंद ही बच्चों ने लिए लेकिन ऐसे आए हैं जिन्होंने ने <laughs> है है। नहीं वो इतना नहीं सोते <laughs> अभी जवाब सवाल आ रहा है ऐसी क्या चीज है जो इंपल्स को स्लो करती ट्वेंटी सेकेंड्स आते उसने फिर उड़ा देना है आगे जाके और वो दोनों थी थी थी थी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं स्लो डाउन होता है एवी डेफिनेटली होता है टेक्नोलॉजी है अल्लाह का वाह जगह है, है हार्ट में जिसमें गैप जंक्शन बहुत कम रखे जाते हैं उसका नतीजा देख रहे हैं Yes, रहे हो? पंद्रह रिकॉर्ड हो भी है